मिल जाएगा वीडियो को और गाइस गाइस सब्सक्राइब आपको भी मिल सकते हैं। आप कमेंट कीजिए आपके पेटीएम नंबर के साथ आपको मिल जाएगा सौ सो सौ करके एक हजार रूपए जल्दी से कमेंट कीजिए अपने पेटीएम नंबर कमेंट कीजिए लाइक सब्सक्राइब कर अपने आप, में, आप में हो जाएगा तो जल्दी से कर दीजिए आपको मिल जाएगा दोस्तों जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो करो करो देखो देखो देखो मैंने फिर से से से दे दिया दोस्तों दोस्तों शो आप भी लेना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो करो और गाय वीडियो को सब के अपने एक अच्छा सा कमेंट करो और अपने पेज तो आपको मिल जाएगा सौ जल्दी जल्दी जल्दी इस तो वीडियो को ऑफ करते हैं ठीक है हमारे तो तो फेज को ऑफ करे दोस्तों तो आप लोग अपना बनना चाहते हो तो लाइक कर दो मेरा तो आप लोग सकते हो अपने नंबर वो कमेंट करो करो सब्सक्राइब जो जो करेगा तो को मिलेगा तो देखो इसलिए क्या इसने के तो इसको मिलेगा लेकिन उसने कमेंट क्या क्या चलता है मतलब क्या उसको जो जो करेगा तुमको नहीं मिलेगा बताओ जल्दी से करो भाई जल्दी जल्दी जल्दी करो कुछ ही देर में ज्यादा तो अभी करना चाहता है तो अभी कर दो जल्दी करो जल्दी जल्दी करूँगा जल्दी जल्दी करो कमेंट करो जल्दी से तो जो करेगा उसको उसको मिलेगा भाई करो। तो जल्दी जल्दी, जल्दी करो जो जो के उसको उसको मिलेगा तो तुम जल्दी से कमेंट करो भाई कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारा एक तो तुम कमेंट करो तो मैं पता लगाऊंगा तुम पेटीएम नंबर उसमें दे दूंगा तो तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं करो करूं करू। क्या करूंगा मेरे कमेंट कर दो कमेंट करो कमेंट ओ पहले कमेंट करो तुम लोग जल्दी से जल्दी से कमेंट करो तुमने कमेंट नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कैसे भाई, भाई ये नहीं मिला तुम कौन तुमको भाई हर्षाह भाई तुमने तुम्हारे पेटीएम नंबर को